यदि आपका भी जन्म किसी भी माह की सात तारीख सोलह तारीख या पच्चीस तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक सात है और आज हम अपने इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि मूलांक सात वालों के लिए वर्षफल 2020 कैसा रहेगा दर्शकों अंक ज्योतिष 2020 के अनुसार मूलांक सात वालों के लिए ये साल काफ़ी अच्छा रहने का योग बन रहा है यदि आप मिट्टी को छुएंगे तो वो भी सोना रहेगा यानी कि आप सफल रहेंगे यानी कि आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता अर्जित करेंगे यानी कि ये साल आपके लिए धन के मामलों में तमाम नए रास्ते खोल देगा तो दर्शकों देखिए आप लोग खुश हो जाइए मूलांग वाले यदि आप कोई एन चलाते हैं तो इस वर्ष आपके एनजीओ का काफ़ी नाम रहेगा और काफ़ी ज़्यादा आपको जो है चंदा वगैरह मिल सकता है सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे मूलांक साथ वाले अचानक से बहुत फेमस होंगे कला के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में मूलांक साथ वाले गजब का नाम करेंगे यदि आप कोई खिलाड़ी हैं तो इस साल आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है यदि आपके कार्यक्षेत्र जॉब की बात की जाए तो ये साल पदोन्नति और वेतन वृद्धि की सौगात लेकर के मूलांक साथ वालों के लिए आया है आपकी मन मुराद पूरी होती हुई दिखाई पड़ रही है इसके अतिरिक्त यदि आप व्यापार करते हैं और आपके व्यापार में भी विस्तार की योजना है तो फलीभूत होगी लेकिन कोई आपको चीटिंग मिल सकती है आपके पार्टनर के साथ इस वर्ष आपको कोई नया वाहन कोई नया मकान कोई नया भूमि का टुकड़ा या कोई पैतृक संपत्ति भी आप प्राप्त करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं जिससे आपको आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होगी कोर्ट कचहरी का यदि कोई मामला आपका चला आ रहा है तो इस वर्ष जो है उससे आप बाहर आते हुए दिखाई देंगे परिवार का माहौल संतुष्टिदायक रहेगा और दाम्पत्य जीवन में भी आपके जो प्रेम संबंध रहेंगे ये बहुत अच्छे रहेंगे कोई नया प्रेम संबंध स्थापित होगा और उस प्रेम संबंध को आप विवाह के जो है बंधन में बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपका जीवन साथी आपको अनेकों अनेक सौगात देगा इसमें से हो सकता है कि जो है इसमें इस साल आपको संतान भी जो है प्राप्ति का योग दिखा रहा है जो लोग धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें इस वर्ष किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलने का मौका मिलेगा प्रेम संबंधों में आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी देखिए केतु धर्म है ध्वज पता है आध्यात्मिक ग्रह है तो कोई नए गुरु को आप बना सकते हैं इसके साथ साथ धार्मिक क्रियाकलाप आपकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी आपके घर पे कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है कोई आपके परिवार में आपके सिस्टर की आपके भाई की शादी इत्यादि हो सकती है तो शहनाई इत्यादि भी किसी के घर में आपके बच सकती है किसी बात को लेकर के आप अपने प्रेम प्रेमी जो है प्रेमिका से या प्रेमी से जो है आप लोग कुछ विश्वास होता हुआ इस साल दिखाई पड़ रहा है और ब्रेकअप की भी काफ़ी हद तक की संभावनाएं दिख रही है कोई नया प्रेम संबंध स्थापित होता हुआ दूसरा दिखाई पड़ रहा है इसके साथ साथ दर्शकों को बता दें कि इस वर्ष आप अपने किसी मित्र को उसकी समस्या से बाहर निकालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं संतान की ओर से अच्छे समाचारों के प्राप्ति की प्राप्ति इस वर्ष होगी प्रतियोगी परीक्षार्थियों की जो है जो तैयारी में लगे हुए छात्र हैं उनको अनुकूल परिणाम मिलेंगे इस वर्ष यदि आप सामाजिक सरोकार के कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और धार्मिक स्थलों पर दान पुण्य करते हैं तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है और आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी देखिए दान पुण्य का सीधा सा आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए जितना आप दान करेंगे दस रुपये करेंगे आपको सौ रुपये मिलेगा तुलसीदास जी का एक दोहा है कि तुलसी पंचिन को पिए घटे न सरता नीर और दान दिए धन्ना घटे जो सहाय रघुबीर तो कोशिश कीजिए कि दान पुण्य आप करते रहिए हर्षवर्धन का आपने नाम सुना होगा यदि इतिहास के स्टूडेंट आप रहे होंगे बारह वर्षों में जब महाकुंभ लगता था प्रयाग में आते थे और अपना पूरा राजकोष दान कर देते थे और आप यकीन नहीं मानेंगे कि अगले जब वो कुंभ में आते थे तो उसका डबल वो दान करते थे तो इतना ज़्यादा दान का महत्व होता है तो कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा हालांकि इस वर्ष आपको खर्चे बहुत ज़्यादा आपको करने पड़ेंगे वाहन इत्यादि से चोट इत्यादि भी लगने का भय इस वर्ष दिखा रहा है इसके साथ साथ दर्शकों कोशिश कीजिएगा कि अपने वाड़ी पर आपको नियंत्रण करना रहेगा और अति आत्मविश्वास अति सर्वत्व वर्ग तो अति बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है अति से बचिएगा इस वर्ष को बेहतर बनाने के लिए दिव्य उपाय क्या क्या हैं? देखिए सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा कोशिश कीजिएगा कि मंगलवार वाले दिन गेहूँ ले लीजिएगा और गेहूँ में थोड़ा सा गोल्ड डाल लीजिए चना डाल लीजिए बेसन के लड्डू ले लीजिए और ये आपको गाय को और बंदरों को खिलाना रहेगा दूसरा एक प्रयोग बताना चाहेंगे कि एक लाल रंग का कलावा जो आप जानते होंगे मौली जिसको बोलते हैं ये आपको महीने में संडे वाले दिन आपको बांधना रहेगा जैसे ही इसका रंग फीका हो जाए संडे वाले दिन आप लोग चेंज कर सकते हैं दूसरा एक प्रयोग हम आपको बताना चाहेंगे कि नित्य सूर्य देव को आपको अर्घ देना रहेगा तीसरा दर्शकों हनुमान जी का सुंदर सुंदरकांड का पाठ आपको शनिवार वाले दिन करना रहेगा एक प्रयोग और बताना चाहेंगे कि कोशिश कीजिएगा कि जो छोटी कन्याएँ हैं दस वर्ष से छोटी हैं नौ वर्ष की जो कन्याएँ हैं उनको आपको कुछ मीठा देना है फ्राइडे वाले दिन शुक्रवार वाले दिन प्रतिदिन श्री सूक्त का लक्ष्मी सूक्त का और कनक धरा स्त्रोत का पाठ करिए दर्शकों यकीन मानिए कि ये साल जो है आपके लिए सबसे ज़्यादा गोल्डन इटार रहेगा यादगार रहेगा तो कैसा लगा हमारे प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए और हाँ यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं अपने डेटा बर्थ टाइम और प्लेस पता है तो आपके लिए बहुत बड़ी बात बहुत अच्छी बात है आप लोग हमें मैसेज के द्वारा या फ़ोन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं दीजिए इजाज़त तो मिलती है अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार